आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो टेक्निकल वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं जन्म तिथि लिमिट क्रॉस के बारे में आज दो ऐसे तरीका बताएंगे जिससे आप लिमिट क्रॉस का समस्या ही आपका खत्म हो जाए इससे पहले आपका को चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आपको नई नई चीजें टेक्निकल वीडियो में आप तक पहुंच सके तो दोस्तों आपसे कोई हम मांग नहीं रहे हैं सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें आज हम आपको लिमिट क्रॉस के बारे में बताने वाले हैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आज लिमिट क्रॉस के बारे में जो बताने वाले हैं उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है वो चीज पहले हम लोगों को ध्यान देना है सबसे पहले हमको जरूरी है जन्म प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र जो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी तरह का जन्म प्रमाण पत्र आपको ये एक बनवा लेना है जो और उसके बाद से आपको जिसमें गलत है आधार कार्ड जन्मतिथि वो आपको आधार कार्ड आपको अपने पास रख लेना है जन्म प्रमाण पत्र रख लेना है उसके बाद से हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे पीडीएफ जिसमें आपको ये स्वयं घोषणा पत्र जिसको कहते हैं वो आपको मिल जाएगा इस घोषणा पत्र को आप सही सही भर लें और भरने के बाद से आप नज़दीकी आधार सेंटर पर जाएं और वहाँ अपना आधार अपडेट कराएं। तो आधार आपका अपडेट कराने का तरीका कैसे कराना है ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आपको आधार सेंटर पर पहुँच जाना है और आधार ऑपरेटर से आपको ये कहना है कि हमारा आधार जो है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है इसको आप डेटा बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र और हमारे ये घोषणा पत्र स्वयं कथन यानी घोषणा पत्र हमारा सेल्फ डिक्रेशन फार्म ये दोनों एक में मर्ज करके और हमारा ये डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है और क्या सेलेक्ट करना है उसके बारे में आप इस वीडियो को जरूर उनको दिखाएं आपको ये जो दिया हुआ है सेल्फ यहाँ पे सेल्फ डिक्रिएशन फॉर्मेट ये दिया हुआ है ये ऑप्शन में जरूर सिलेक्ट कराए ताकि आपका ये सिलेक्ट होगा ये चीज तभी जाके सुधर पाएगा तो आप जो सही जन्म तिथि है वो वाला आपको यहाँ पे फिल कराना है उसके बाद से जो डॉक्यूमेंट सेलेक्शन जो होता है वो आपको सेल्फ डिक्रिएशन वाला ये कॉलम सेलेक्ट कराना है जैसे आप ये कॉलम सेलेक्ट कराएंगे ये वाला जो आपको कलर में दिखाई दे रहा है यही चीज आपको सेलेक्ट कराना है और उनसे पूरी रसीद ले लेना है ये इसमें से कटी फटी नहीं होनी चाहिए जैसे आप आवेदन कराएंगे उसके कुछ दिनों बाद आप उसको छोड़ दीजिए इसको सुरक्षित रखिए अपने पास रसीद को अपने पास रख ले और आप स्टेटस चेक करते रहे कि हमारा स्टेटस क्या है स्टेटस में जैसे आपको रिजेक्ट का मैसेज आएगा जैसे रिजेक्ट स्टेटस में बताएगा आपको क्या करना है कि यहां आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1947, नाइन इस पे आपको कॉल करना है 1947 में आपको कॉल करना है और वहां पे आपको एक कंप्लेन दर्ज कराना है कि महोदय हमने एक आवेदन कराया था अपडेट कराया था जिसका इनमेंट संख्या ये है और इस डेट को इस टाइम को हमने आवेदन ये अपडेट कराया था और हमारा लिमिट क्रॉस होने के चलते हमारा रिजेक्ट हो गया तो वो हेल्पलाइन नंबर आपका एक कंप्लेन दर्ज कर लेगा जैसे कंप्लेन दर्ज करेगा आपको एक मोबाइल पे कंप्लेन नंबर प्राप्त होगा वो कंप्लेन नंबर को आपको सुरक्षित रखना है कंप्लेन नंबर सुरक्षित करके आप रखेंगे और आप उस कंप्लेन को स्टेटस में जाके उसको चेक करते रहना है स्टेटस पे अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो आपको पुनः वन